हेलो हेलो कॉल क्यों किया बोल तो दिया था तुम्हें नहीं करती अब तुमसे तुमसे प्यार प्यार मेरी जिंदगी से चले जाओ सुनो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा करती हूँ कर ऐसे ही कुछ वादे किए थे ना तुने हाँ वो दिन अलग थे वो बातें अलग थी कहानी खूबसूरत सी थी बट यही तक थी सीधे सीधे बोल क्यूँ नहीं देती की मुझसे जी भर गया